हेलो फ्रेंड्स मैं कुबेर पाटीदार और मैं आपके सामने सर्विस बुक ऑनलाइन प्रोसीजर का जो डेमो है उसमें कौन कौन से प्रपत्र हैं कौन कौन से कौन सी साइट पर इसको लॉगिन किया जाएगा और ये मैं आपको इस ट्यूटोरियल के माध्यम से बताऊंगा आप प्रपत्र को ध्यान से देखेंगे आपको इसको ऑनलाइन करना है और कौन कौन से इसमें प्रपत्र भराए जाएंगे और ये सभी जो आपके पे इस फॉर्मेट हैं और जो जो भी इसमें आपने आंकड़े फिलप करने हैं वो इस प्रपत्र के माध्यम से मैंने आपको सामने पेश किया है ओके थैंक्स एंड